उनमें से एक आशा सफली थे जो जवाहरलाल नेहरू और गुलाब भाई के साथ वकालत करते हैं तो, अमेरिका में। और उन्नीस सौ तिरपन में इनका ऐसे में देहांत भी हो जाता है मैं वापस अरुणा गांगुली अरुणा आशाफली जी पे आता हूँ जब ये इन्होंने विवाह किया उस वक्त ये मुश्किल से उन्नीस साल के भी नहीं हुए थे और आसिफ अली साहब इनसे तकरीबन 22-23 साल उम्र में पड़े थे अब यहाँ दो चीजें थी एक तो मुस्लिम धर्म कहते थे आसफ अली साहब ये आज भी हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है तो उस वक्त ये डिसीजन लेना एक तो समय से आगे की बात दिखा रहा है लीडरशिप की दिखा रहा है आसफ अली के बारे में कि उस वक्त वो डेयर कर रही है इस तरह के स्टैप लेने के लिए अपनी से बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति से शादी कर रही है और मैं थोड़ा बताना चाहूंगा तो दास फली का अपने लेखों में उन्होंने लिखा है उनके पिता की डेथ हो चुकी थी उस वक्त तक उपेंद्रनाथ जी जो थे वो गुजर चुके थे तो इनके जो तो चाचा थे जिन प्रोफेसर साहब का मैंने पीछे जिक्र किया नगेंद्र वही इनके गाजन थे और उन्होंने इनको लिखा था कि भाई हमारी तरफ से तुम मर चुकी हो अगर ये शादी करती और हमने तुम्हारा श्राद्ध कर दिया अब यहाँ थोड़ा सा देखने की बात से जामती है। एक ऐसा परिवार so है, so है, जो सोल्ड है और जिनके पारिवारिक संबंध टैगोर साहब के परिवार के साथ हैं उनकी एक बार सोच देखिए तो एक बार फेमुनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये चीजें आगे चलकर बहुत ज्यादा इनपे काम करना है गांगुली जी को और अरुणाचली जी को तो ये एक सारा आप देखेंगे लेकिन यहां से अब एक दूसरा भेज लाइफ का शुरू हो रहा है आसफ अली का जो उनका पॉलिटिकल लाइफ था क्योंकि मैंने जैसा कि बताया आसफ अली साहब बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स में से काउंट होते और अगर मैं एक उदाहरण दूं तो इनकी शादी में उस वक्त के जो बड़े लीडर थे गांधी जी नेहरू जी मौलाना आजाद चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य सरोजनी नायडू ये उस वक्त इनकी शादी में शामिल हुए थे, इन्होंने तो प्रेम विवाह किया था परिवार की तरफ से इनके बहुत कम लोग शामिल हुए एक तो तरह से ये एक पॉलिटिकल एक्सपोजर यहाँ भी इनको मिल रहा सरबली जी ने इनको एक तरह से इंस्टिगेट किया मोटिवेट किया कि भाई आप गतिविधियों से जुड़ो और वॉल्टियर के रूप में ये उन्नीस के बाद यहाँ जुड़ रहे हैं यहाँ से इनकी लाइफ का एक तरह से ये फेज शुरू हो रहा है अब देखिये उन्नीस से तीस की घटनाएं पूरे भारत में किस तरह के सीन है कि जो चोरा चोरी की घटना के बाद ऐसा आंदोलन बंद कर अवस्था में चला गया था पूरा एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया था पूरे मोमेंट के दौरान लेकिन साइमन कमीशन के आगमन से पॉलिटिकल वैक्यूम टूट रहा है उन्नीस में सारा घटनाक्रम साइमन गो बैक मूवमेंट खड़ा हो रहा है तो उस दौरान पूरा वॉलंटियर के रूप में अब अरुण कांग्रेस के गतिविधियों से जुड़ है और 1930 तक का ये दौर रहा पूरा इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हुई ना तो उसमें ये सब चीजें चल रही जब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में मार्च अप्रैल 1930 में तो उसमें उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और नमक सत्याग्रह के दौरान जो तो सहब अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था नमक सत्याग्रह तो सहब ने आंदोलन के दौरान जो तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और विशेषकर जिस अपराध में लोगों को गिरफ्तार किया गया नमक कानून के उल्लंघन के अपराध में तो उसमें इनकी भी पहली गिरफ्तारी आप देखेंगे उन्नीस में होती है हालांकि नमक कानून के उल्लंघन के साथ साथ इनके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए तो वो आवारा गर्दी फैलाना और मतलब तोड़ फोड़ की इस तरह की चीजें बाकायदा अगर आप डॉक्यूमेंट आग देखोगे तो इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया है जैसे वैग्रेंट और नोमेट शब्द का इस्तेमाल इनकी चार्जशीट में हो रखा है तो ये गिरफ्तार पहली गिरफ्तारी उनकी हो रही है अरुणा की आगे चलकर आंदोलन के दौरान जो जब सेकंड कॉन्फ्रेंस के से पहले ब्रिटेन की सरकार ने दबाव डाला यहाँ लॉर्ड इन के ऊपर कि भाई किसी भी तरह कांग्रेस को तैयार तो करो उनको एक पार्टी के रूप में यहां शामिल करो तो गांधी पैक्ट होता है वो सब आप जानते हैं और गांधी पैक्ट के तहत एवज्जा आंदोलन को स्थगित करने की बात ही बंद करने की नहीं पोस्टोन किया जा रहा था फॉर टाइम भी और उसमें सबसे प्रमुख बात थी जो गांधी जी ने साथ रखी थी वो ये थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए और उस एक्ट के तहत तकरीबन जो इस तरह के वॉलन्टियर्स को बंदी बनाया गया था उनको पोलिटिकल प्रिजनर्स को उनको रिहा कर दिया गया लेकिन मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अरुणाशी को नहीं रिहा किया गया इनको जेल में ही रखा गया इनके ऊपर अलग तरह के चार्ज थे नमक कानून उल्लंघन के अलावा भी इनके ऊपर कुछ अलग चार्ज लगा रखे थे अराजकता फैलाने के साथ तो इनके साथ जो महिला कैदिया कैदी पैदि बंद थे उनको जब रिहा किया गया और उन्होंने देखा कि अगर आपको रिहा नहीं किया जा रहा तो उन्होंने भी रिहा होने से इनकार कर दिया ये एक बड़ा मुद्दा बन गया उस वक्त अखबारों में आ गई है बात और एक तरह से पहली बार किसी महिला राजनीतिक कैदी को रिहा करने के लिए भारत में एक पैरल मूवमेंट चला इलाहाबाद के अंदर दिल्ली के अंदर पुणे के अंदर बंबई के अंदर कलकत्ता के अंदर पटना के अंदर का पॉलिटिकल एजिटेशन हुए इस बात को लेके पर्टिकुलरली इस बात को लेके अरुणाशफ अली को भी रिहा किया सरकार के ऊपर दबाव पड़ा गांधी जी को जब ये बात पता चले तो गांधी ने पर्सनली इस मामले में इंटरव्यून किया लंदन जाने से पहले और उनके इंटरवेंशन के बाद सरकार को तो मजबूर होकर अरुणा अरुणाशली को छोड़ना पड़ा ये बात मैंने जोर दे इसलिए बताई है साथियों अरुणाशली जैसे ब्रिटिश सरकार देखती रही है तो वो एक पहला था, एक तजर्बा था एक तरह से किस तरह से वो जेल में रहे और उनको सरकार छोड़ना नहीं चाह रही थी इतनी भयभीत थी उनसे और बड़े एजुकेशन के बाद गांधी जी के इंटरव्यून बाद इवन गांधी होने के के बावजूद भी इनको इनको नहीं छोड़ना छोड़ना चाह रही थी, इनको छोड़ना पड़ा। लेकिन छोड़ने के कुछ समय बाद ही जैसे गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि एक तरह से सक्सेसफुल नहीं रही थी वापस लौट के उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से शुरू कर दिया तो फिर एक तरह से वही सारा तो जो पिकेटिंग के कार्यक्रम थे पर्टिकुलरली मध्य भारत के उसमें असमली का चल रहा था उसको लेके उन्नीस में बत्तीस फिर अरेस्ट कर लिया गया और अब की बार उनको तिहाड़ जेल जो कि तिहार दिल्ली में जो तिहाड़ जेल है उसमें उनको बंद किया गया अब यहाँ तिहाड़ के अंदर इन्होंने एक अलग तरह का मूवमेंट शुरू कर वही मूवमेंट जो तो कुछ समय पहले क्रांतिकारियों ने भगत सिंह और इनके साथी और जतीन दा के नेतृत्व में किया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ सरकार ठीक से बिहेव करे उनको ठीक से खाना दे उनको एक तरह से ठीक से उनके साथ ट्रीट हो क्योंकि यहां भी आप देखो कि तिहाड़ जेल के अंदर जो तो हजारों की संख्या में पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद थे महिलाएं भी थी उनसे बहुत ही हिल किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको ठीक से भोजन नहीं दिया जाता था और इस तरह को लेकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया तिहाड़ के अंदर ये फिर एक बड़ा इश्यू बना राष्ट्रीय स्तर के उस वक्त के अखबार के ऊपर दबाव बना फिर एक एजुटेशन उठा और के समर्थन में जो से समर्थन में खेलना शुरू हुआ जेल से बाहर से लोग से इनको निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ ऐसे भी लग रहा था कि ये और ज्यादा इनके लिए खतरा बन सकती है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के लिए तो इनको फिर अम्बाला भेजा गया फिर अगेन सीकेम टू अम्बाला और इनको एक तरह से नजरबंद की स्थिति में रखा गया जो जेल जैसा ही आप समझिए तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 1932 के अंदर इनको फिर एक लंबे समय तक नजरबंदी की स्थिति में फिर फिर से रखा गया। फिर ये शो कर रहा है कि जेल से या होने के बाद भी इनको नजरबंदी की स्थिति में रखना क्योंकि अरुणा आश्रली के जो विचार थे जो इनको करने की जो ताकत जो थी इनकी इनकी जो एक तरह से अपील थी इनके व्यक्तित्व में और इनके कृतित्व में वो एक तरह से भयभीत करने वाली थी ब्रिटिश सरकार हालांकि बाद में आप देखोगे कि उन्नीस सौ तैतीस में सैवीन अवधि आंदोलन काफी पड़ गया था और आगे चलकर उसको फिर बंद भी करना पड़ा 1934 तो तो तो तो तो तो से लेके और 1937 तक तकरीबन ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज से थोड़ा अलग रहे लेकिन ये अपना स्वाध्याय में और जो सोशल कंस्ट्रक्टिव वर्क चल रहे थे गांधी जी के नेतृत्व में अछूत तो उद्धार और उनमें पूरा अपना ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे उसके बाद आप देखेंगे जब उन्नीस सौ पैंतीस के एक्ट के तहत उन्नीस सौ सैंतीस में इलेक्शन हुए तीन चार स्टेट्स के अंदर और वो सब आप जानते हैं कि आगे चलकर लगभग आठ प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकार बना हालांकि कोई पद नहीं लिया ना ही इलेक्शन लड़ा इनकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण फेज आता है उन्नीस में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है मैं हल्का सा पृष्ठभूमि का जिक्र करूंगा कि सैंतीस में इलेक्शन हुए सरकार ने बगैर उस वक्त की पोलिटिकल एंटिटीज से पूछे हुए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है और भी लोग है बगैर उस वक्त के आठ नौ प्रांतों की सरकारों से पूछे हुए आप देखेंगे की भारत को एक पार्टी के रूप में ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध में शामिल कर लिया ये कहते हुए कि हम तो फांसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और वो सब आपको पता ही है कि आगे चलकर कांग्रेस सरकारों ने त्याग पत्र दे दिए सामूहिक त्याग पत्र दे दिए और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह लेकिन मैं सौ 1942 पे आ जाता अगस्त उन्नीस सौ बयालीस वर्धा अधिक जुलाई में वर्धा के जो प्रस्ताव जो रखा गया था उपास हुआ सहमति तो फिर उसको आठ अगस्त उन्नीस को सर्वसम्मति से कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास कर दिया गया और ये कहा है कि गांधी जी के नेतृत्व में हम भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे क्योंकि दो, दो हालांकि और और वो एक वायलेंस को नहीं यहां पर जस्टिफाई कर रहे लेकिन उनकी जो तो आक्रामकता वो कहीं ना कहीं लोगों में मैसेज दे रही थी कि अगली बार आर पार की लड़ाई है दूसरे तरीके की लड़ाई है अरुणाचल वली भी वही थे आठ अगस्त कि रात और 9 अगस्त को ही ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के एटीट्यूड के बदलाव को देखते हुए और वैसे भी उलझी हुई थी और आप ध्यान दें कि 1942 तक तो ब्रिटेन फ्रांस और रूस बुरी तरह से हार रहा था जर्मनी इटली और जापान से यहां तक कि पेरिस तक पहुंच चुकी थी सेनाएं ब्रिटेन के ऊपर बहुत भयंकर बम्बारमेंट हो रही थी तो पूरा दबाव थे ब्रिटिश सरकार पे तो पहले ही रात सब बड़े नेताओं को उठा लिया गया उन्नीस सौ बयालीस की बात छोड़ आरोप अब एक पॉलिटिकल फिर है पोलिटिकल पे क्योंकि सारे बड़े लीडर फ्रंट लाइन के दो लीडर थे जिसमें नेहरू जी गांधी जी पटेल साहब सब लोग मौलाना साहब ये सब लोगों को पहली रात में अंदर था। अब यहाँ पे अरुणाशोली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रियल महीने में सही महीने में कि जो शैशन चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसमें आठ अगस्त को ये सब प्रस्ताव पास हुए थे वो सब जो गवाला टैंक का जो मैदान जो आजकल तो आजाद आज मैदान कहलाता है मुंबई में अगले दिन 9 अगस्त को सब बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में वहां पे अरुणा आशाफ अली ने रिजाइड किया उसको उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की नेशनल लेवल पे भी वहां गैदरिंग है 8-9 हजार के करीब लोग शुरू में आए थे पांच हजार अब भी बचे हुए हैं क्योंकि तो लोगों को, को प्रोग्राम कॉम्युनिकेट करना बड़ा जरूरी था कि भाई एक तरह से एक ऐसा माहौल बन गया था अब क्या करे तो वहां पे दो बड़ी गतिविधियां हुई कि एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच यहाँ अरुण आसा के द्वारा दिया गया और एक प्रतीकात्मक रूप से के झंडे के रूप में तिरंगा झंडा यहाँ की अध्यक्षता में के उनके हाथों से फैलाया और उसके बाद पूरा एक आपकी तरह की पूरी खबर फैली अखबारों में सब पत्र पत्रिकाएं जो बुख तरीके से निकलती थी प्रकट तरीके से निकलती थी सब ये सब चीजें कलकत्ता पंजाब सब जगह जब पहुंची तो फिर एक ये स्वेतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में वो सब आपने सबाई होगा इसीलिए इस बार छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति भी बोलते हैं और अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक आते-आते आप कि ये तो मूवमेंट पूरा अपना एकदम से पीक पे आ चुका था मास मूवमेंट बन चुका है अब स्वयभाविक था कि अरुणाश का जब बयान अखबारों में छपा सरकार की दुखिया रिपोर्ट जब बड़े वाइस लायर इन सब तक पहुंची तो अरुणाशफ अली को गिरफ्तार करने के वारंट जारी हो गए बड़े लोग पहले गिरफ्तार थे अब यहाँ एक समझदारी दिखाई जा रही है जिनका पूरा नेतृत्व तो है एक पूरा ग्रुप है अरुणाशी जी है जयप्रकाश नारायण जी हैं राम मनोहर है तोया, ना मेहता साहब हैं पटवर्धन साहब है ये सब लोगों का एक पूरा ग्रुप है जो अब ये डिसाइड करते हैं कि पब्लिकली अगर हम भी गिरफ्त में आ जाते हैं तो फिर लीडरशिप खत्म हो जाएगी और तो आंदोलन किसी भी तरफ जा सकता है तो ऐसी स्थिति में हमें भूमिगत होके इस आंदोलन को गाइड करना पड़ेगा तो आप देखेंगे की बाद में ये सब इस कार्यक्रम को, आंदोलन को बहुत बेहतर आसफी महत्वपूर्ण अखबार भी निकालते हैं जिसको इनकलाब के नाम से जाना जाता है रामनोर लोहिया जी के साथ मिलकर ये इंकलाब सबसे महत्वपूर्ण अखबार से और तो सारे संसद सब बंद कर दिए थे अखबार सब जो मेन स्ट्रीम के जो उस वक्त का प्रिंट मीडिया था जो आ, प्रो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उस सबको बंद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने तो ऐसी स्थिति में इस तरह की जो छोटी पत्रिकाएं जो छोटे अखबार है वो गुप्त तरीके से वॉलंटियर्स के माध्यम से जो वेश बदलकर घूमते रहते थे ये ऐसी जगहों पे पहुंचाते थे जहां से कार्यक्रम की आदि की भविष्य की गतिविधियां तय होती थी इसी दौरान सरकार ने इन पे दबाव बनाने की कोशिश की क्योंकि सरकार इनको ढूंढ नहीं पा रही थी अब देखिए इनका अपना एक नेटवर्क देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल सन आवर सेट इन आवर स्टेट वो जो लोग कहने वाले हैं वो भारत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक एक महिला नेता को नहीं ढूंढ पा रहे जबकि उन्होंने सारा खूफ लगा रखा है इनके पीछे और एक साल नहीं पूरे तीन साल तक अंग्रेज सरकार इनको ढूंढने में ऐसा मजबूर हो गई लेकिन इनको ढूंढ नहीं पाई इसी आंदोलन के दौरान एक बहुत यूनिक प्रयोग जो तो जो हुआ है वो रेडियो स्टेशन की स्थापना इन्होंने अरुण आशाफ अली जी ने जयप्रकाश नारायण रामनोभ लोहिया इन सब साथियों के साथ मिलकर ऊषा मेहता का बहुत बड़ा योगदान था बहुत बड़ी लीडर हुई है गुप्त तरीके से उन्होंने इस आंदोलन में बहुत कंट्रीब्यूशन किया विशेष का इस में जबकि सारी लीडरशिप अंदर तो रेडियो स्टेशन था हालांकि एक साल भी नहीं लगा अंग्रेजों ने इसको ढूंढ निकाला इसको जब्त कर लिया और वो सब चीज़ें हो गई लेकिन उस दौर में जब बिल्कुल एक लीडरशिप नहीं है कहीं भी कोई संदेश नहीं कम्युनिकेट हो रहा उस दौर में, में पहला रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था सरकार के प्रयासों से और उसके दस साल के अंदर इन लोगों के पास पंद्रह साल के अंदर इतना था तकनीकी ज्ञान अपने स्तर पर अपना एक रेडियो सिस्टम स्थापित कर लिया ये इनकी तकनीकी ताकत को दर्शाता है अरुणाचल तो इन सब लोगों तो इस तरह से आप देखोगे का का कांग्रेस की सारी कर दी है अब गांधी जी आमरण बैठ गए जो वो सब चल रहा है इसी दौरान गांधी जी को पता चला और वहां ये खबर निकल के आई की अरुणा असफ अली चूकी इस पूरे दौर में न खाने का ध्यान रखा जा रहा था ना सेहत का कोई ख्याल रखा जा रहा था तो मरणासन स्थिति में पहुंच चुके थे अंदर से कभी खबर मिली पुष्ट खबर मिली गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने कि भाई हमें पता चला है कि आप बस कंकाल भर रह गए हैं आप मरने वाले हैं आ, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को सरेंडर कर दी और जो इनाम इनके ऊपर रखा था पांच का इनाम उस वक्त रखा था आजादी से पहले की बात कर रहा हूँ आज में अगर कन्वर्ट करोगी चंद करोड़ों में उसका वैल्यू होगा ये पहली शायद ऐसी महिला लीडर थी कांग्रेस की जिसके ऊपर इनाम रखा गया था 5000 का इनको अरेस्ट करने के लिए या इनकी खबर देने के लिए तो गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और जो तो आपको इनाम रखा गया है आप उस इनाम को अचूतोद्वार में लगाइए और इस तरह के कार्यक्रम में उसको खर्च करिए लेकिन इन्होंने यहां गांधी जी की बात को नहीं माना इन्होंने कहा लेटर पहुंचाया गुप्त तरीके से अपना संदेश दिया इंकलाब तो में इन्होंने में में एक बहुत ही एग्रेसिव आर्टिकल छापा था जो युवाओं को एक तरह से संबोधित करते हुए था और उसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा था की अब समय आ गया है कि अहिंसा और हिंसा के विवाद से ऊपर उठकर भारत का युवा आजादी की लड़ाई में अपना सरसव सर झोक दे क्योंकि यही मौका है जब हम आजादी प्राप्त कर सकते तो सीधा सीधा कहीं कहीं इंडियन यूथ को एक तरह से इंस्टिगेट करने वाला और एक एग्रेसिव तरीके से उनको इस तरह के एक्शन करने के लिए मोटिवेट करने वाला था तो यहां पे फिर इस आर्टिकल के छुपने के बाद और इस तरह की सामग्री जब ब्रिटिशर्स को मिली उसके बाद इनके ऊपर फिर इनाम रखा गया था क्योंकि अपने आप में तो ब्रिटिश को तंत्र फेल हो ही चुका था इनको ढूंढने में लेकिन अरुण आसफ अली जी ने नहीं किया बाद में चलकर आप देखेंगे कि जब 1945 में इनके ऊपर जो इनका जो वारंट था जब सरकार ने वापस ले लिया उसके बाद ये बाहर आए और उसके बाद फिर जो दौर था आपको तो पता ही है कि पूरा एक कई कॉमन राइट्स हो रहे हैं कहीं दूसरे तरह की गतिविधियां हो रही गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से तकरीबन तकरीबन अपने को थोड़ा सा अलग सा कर लिया था अलग तरह के वो कंस्ट्रक्टिव काम जुट गए थे इसी दौरान एक घटना होती है साथ ही उसका इतिहास में बहुत कम जिक्र आता है अरुणाशी के संदर्भ में 1940 में इंडियन रॉयल नेवी की होती है एक तरह से वो विद्रोह कर देते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस वक्त कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप ने भी इस न्यूटनी का विरोध किया था कि ये न्यूटनी नहीं होनी चाहिए थी भारतीय नौ को, को सरेंडर कर देना चाहिए उनको विद्रोह नहीं करना चाहिए ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ गांधी जी जैसे लोगों ने भी यही बात कही थी उस वक्त लेकिन यहां अरुणा आशिफ ने इस नौसेना विद्रोह का समर्थन किया था बाकायदा लिखे थे उस वक्त के अखबारों में उनके अलेख छपे थे ये, ये म्यूटनी का एक नेचर क्या था साथियों कि ये उस दौर में जब कि पूरा कॉमनल राइट्स से इंडिया जल रहा था बंगाल से लेके और पूरा पंजाब तक उस दौरान इस म्यूटनी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को स्टैब्लिश किया था क्योंकि दो ये सैनिक थे ये मिलकर बगर किसी सांप्रदायिक भावना के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही नौसैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी तो एक अलग मुद्दा है कि वो बगावत दबा दी गई और आगे चलकर हो रहा है वो सब चीजें हम पता ही है जानते हैं तो ये जो दूसरा फेज था इनकी लाइफ का ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था अरुणाश्र का यहाँ हाँ अब अरुणाश्री एक और चीज जब तक वो विचारधारा से प्रभावित थी सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी शुरू से वो जुड़ी रही है तो कांग्रेस के अंदर ही एक अलग धड़ा था उस वक्त के थोड़े से रिवोल्यूशनरी आइडियाज वाले लोगों का थोड़े से सोशलिस्ट आइडियाज वाले लोगों का कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट पार्टी लेकिन बाद में इनके ऊपर मार्क्सवाद का प्रभाव बढ़ा और आजादी के बाद के जो सीन बने उसमें आप देखोगे की फिर ये जो दूसरे तरह के कंस्ट्रक्टिव काम थे दलित का मुद्दा हो चाहे मजदूर की बात हो चाहे किसान की बात हो लगातार अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उठाती रही तो यहां से फिर इनके जीवन का एक तरह से तीसरा फेज शुरू होता है और वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन तो यही तथ्य लेकिन उसके बाद का भी जो आंदोलन है किसी रूप में इनका योगदान जो है वो किसी भी रूप में कम नहीं है बाद में ये आजादी के बाद मार्क्सवाद के के रेवोल्यूशन हुआ था उस मॉडल से प्रेरित होकर तो एक तरह से दुनिया भर के जो कॉम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे उनके लिए रसिया मास्को एक तरह से मक्का का, का काम करता था तो ये लोग वहां विजिट करते हैं वहां से आने के बाद जुड़ जाती है कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और पार्टी ऑफ इंडिया के ही तत्वाधान में इन्होंने एक महिलाओं के उत्थान के लिए एक संस्था नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की स्थापना की जो आज तक चल रहा है नेशनल फेडरेशन ऑफ वीमेन जो सीपीआई के अंतर्गत एक महिला उत्थान का एक अलग से संस्था है तो इस तरह से आप देखो इसी दौरान ये कमला देवी चट्टोपाध्याय जो तो दूसरी एक बहुत बड़ी लीडर रही हैं आजादी के आंदोलन की उनके साथ मिलकर कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में महिला उत्थान में और शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों पे ये काम करती तो ये सब पैरेलल चल रहा है उन्नीस के आसपास आते आते उन्होंने दो पत्र पत्रिकाएं शुरू कर दी थी एक अखबार शुरू किया पैट्रियट के नाम पे पैट्रियट अखबार शुरू किया देशभक्त और इसके साथ अखबार की जो तो पैटर्न के रूप में तो जुड़े थे जवाहरलाल तो नेहरू बीजू पटनायक बड़े नाम थे इसके साथ साथ है एक वीकली जर्नल शुरू किया लिंक के नाम से और इस वीकली जर्नल में उन्होंने महिलाओं से रिलेटेड विशेषकर ये सारी चीजें उन्होंने उन मुद्दों पे काम करना शुरू किया आ, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आजादी के बाद की जो एक तरह से समस्या थी काम करना शुरू किया इसमें दलित तो उद्धार के ऊपर भी वो अपने आर्टिकल्स के द्वारा अपनी बात कह रही है और विशेषकर जो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जो बहुत ज्यादा औद्योगिकीकरण की बात हो रही मैं 1955 से लेकर बासठ के बीच की बात कर रहा हूं उनके जब आप लेख पढ़ेंगे ये सारे लेख छापे हैं इसी फेडरेशन ने दो हजार में एक पुस्तक छापी है जिसमें अरुणाशी के साक्षात्कार और उनके उस वक्त के जितने भी पत्र पत्रिकाओं में लेख छपे थे वो उसमें छापे दो हजार छह में ये अरुणा सफली के जीवन से जुड़ी हुई तो उनमें आप देखोगे कि वो जो अंधान धुंध एक तरह से औद्योगिकीकरण हो रहा है बड़े बड़े बांध और वो सब चीजें हालांकि वो जरूरत थी उस वक्त थी लेकिन वो एक बहुत रेशनल तरीके से उनका विरोध कर रही है कि आने वाले समय में इसके एनवायरमेंट के ऊपर सस्टेबिलिटी के ऊपर और एक तरह से जो इनकम गैप है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगी कि उस की बात कर रहा हूँ ये बात जो मैंने तीनों की है पर्यावरण का मुद्दा और एक तरह से सस्टेनेबिलिटी का मुद्दा और जो एक आय का जो एक बहुत तेजी से असमानता बढ़ी है इसका मुद्दा आप देखेंगे उन्नीस सौ के बाद भारत में ज्यादा चर्चित हुआ एलपीजी के दौर में लिबराइजेशन प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन के दौर में उदारीकरण के दौर के बाद ये मुद्दे आज चर्चित हुए लेकिन वो उन्नीस के ऊपर किस तरह से अगर अंधा औद्योगिकीकरण चलता रहा तो आने वाले समय में कितने भयानक पर्यावरण के इसके नुकसान हमें उठाने पड़ेंगे किस तरह से आय की असमानता तेजी से बढ़ेगी और किस तरीके से यह सतत विकास के लिए बाधाएं पैदा करेंगे और वो बात आज पचास साठ सा, सा, साल के बाद आप देखेंगे सिद्ध हो रही है इस दौरान एक नई भूमिका के रूप में भी आप देखेंगे उन्नीस में पहली इलेक्टेड मेयर ये दिल्ली की बनी और इन्होंने तीन मुद्दों पे बहुत महत्वपूर्ण काम किया ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल सकते हैं में शिक्षा स्वास्थ्य और सफाई उस वक्त उनकी सोच थी ये मुद्दा और विशेषकर महिला शिक्षा के ऊपर अपने मेयर के कार्यकाल उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन तो उस वक्त तो बहुत बड़ा संकट था ये एक तो शिक्षा ही अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और शिक्षा में भी अगर लैंगिकता के आधार पर अगर आप जाओगे तो विमेन एजुकेशन तो ना के बराबर है इवन दिल्ली जैसे शहर में तो इन्होंने बहुत ज्यादा इस मुद्दे पर काम किया और फिर आगे चलकर तो इनका जो पॉलिटिकल लाइफ है, है इनके तक यानी तो कि अगर यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा की फेमिज्म के कुछ लोग इनकी आलोचना करते हैं फेमुनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए कुछ स्कॉलर्स महिलाओं को आरक्षण देने की बात का मुद्दा उस दौरान प्रासंगिकता प्राप्त कर रहा था उस दौरान इन्होंने विमेन रिजर्वेशन के ऊपर महिला की एजुकेशन को प्रायोरिटी दी थी तो कई बार इनकी आलोचना भी होती है स्कूल के अंदर की भाई वो उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड टाइप का एक एटीट्यूड रखा है एक तरह से फेमिनिजम और विमेन डेवलपमेंट के प्रति लेकिन वो उस विकलांग से से कि तो ही बनाएगा सशक्त बनाना है तो उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य उसके ऊपर ध्यान दीजिए स्वास्थ्य का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं क्योंकि ये वो दौर था अभी इतना सुधार नहीं हुआ है कि अभी सारी समस्याएं महिलाओं के जीवन से जुड़ी हुई है जिसमें बाल विवाह भी एक तरह से बड़े मुद्दा था उस वक्त के में तो वो शिक्षा के और स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देती हैं रिजर्वेशन से लेकिन ये इनका अपना सब चलता रहता है और उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग था जो शांति के लिए काम किया तो उनको फिर उन्नीस में आगे चलकर इंटरनेशनल लग फीस प्राइज भी मिलता है उन्नीस में, में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड को इनको पदम भी दिया जाता। और को से सम्मान है नागरिक सम्मान है भारत रतन से इनको अवार्ड किया जाता है अगले ही साल उन्नीस में इनके सम्मान में डाक विभाग के द्वारा एक विशेष टिकट जारी की जाती है और आजकल तो जेएनयू अगर आप बसंतुंज की तरफ उस तरफ नई दिल्ली की तरफ गुजरोगे तो अरुणाचल और माइनोरिटी फ्रंट है जो अलपसंख्यक समुदायों ने मिलकर बनाया था इनके एक धर्मनिरपेक्ष हो इनके सेक्यूलरिज्म को कंट्रीब्यूट करने के लिए उनको एक तरह से सैल्यूट करने के लिए तो ये ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ जो फ्रंट है वो इनकी याद में हर साल अरुणा आसफ वाली सद्भावना देते हैं दे तो ये एक छोटा सा मैंने इनके बारे में बताने की कोशिश की है इनके जीवन के कई पहलू हैं जिन पे बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है जैसे मैं एग्जांपल तो हालांकि इंदिरा गांधी के उन्नीस के बाद नजदीक रहते हैं काफी लेकिन जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है तो सबसे कठोर विरोधियों में से भी रहती है तो ये इनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो इनको समय से आगे की महिला सिद्ध करते हैं एक नीडर महिला सिद्ध करते हैं मैंने पीछे एग्जांपल दी कि बिल्कुल एक इंटलेक्चुअल फैमिली में पैदा हुई लेकिन जब शादी की बात आई और शादी का जो उन्होंने डेयर किया एक मुस्लिम लड़के से शादी करना लड़का तो क्या इनसे बहुत बड़ी उम्र का था। और उस बावजूद तो आगे बढ़े इनके बाद जो मैंने बताया कि उन्नीस सौ में सबको रिहा कर दिया लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे कितनी डरी हुई थी थी कि बाकायदा बाद में गांधी से पिंग करने के बाद इसको रिहा किया गया उसके बाद भी नजरबंद की स्थिति में रखा गया तिहाड़ जेल में जब इन्होंने अनशन किया राजनीतिक कैदियों को एक तरह से जो बुरा प्रताव था उसके खिलाफ तो वो सरकार को सुधार करना पड़ा निडरता के साथ अनशन को जारी रखा की और फिर मजबूरी में इतिहास सिंह को निकालकर नजरबंदी में अम्बाला भेजना पड़ा आगे चलकर चाहे इमरजेंसी का विरोध करना सीपीआई को छोड़ना हो बड़ा ढेर का उस वक्त का था कि सीपीआई से बहुत जल्दी प्रभावित हुए थे मार्क्सिज्म से लेकिन उनको लगा कि सही दिशा में चीजें नहीं पड़ रही विशेषकर जब उन्नीस में इनके पति की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद फिर ये कहीं कहीं पोलिटिकल उस से थोड़ा सा अपने अलग कर लेते हालांकि उन्नीस में मेयर बनने के बाद उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा तो इस तरह से कुल मिलाकर के साथ देखोगे की एक ऐसा व्यक्ति तो जिनको आमतौर पर इतिहास में हम बहुत कम सुनते हैं पढ़ पटे जिनके बारे में वो जहाँ महिलाओं के ऊपर बहुत सी बंदिशें हैं बहुत सी चीजें हैं तो अगर मैं कहूँगी कि उस वक्त के टॉप विमेन लीडरशिप में से एक अरुणाचल जी रहे हैं और इनके जो विचार हैं जो आज चिंता है इनके द्वारा बनाई गई संस्थाएं मैंने पीछे कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का जिक्र कियाकूल कहावी चट्टोपाध्याय से मिलकर तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कल्चरल तो मैंने एक इनका जीवन रखा है इनके जन्म से लेकर इनकी शादी तक इनके विवाह उन्नीस सौ अट्ठाईस से लेकर उन्नीस सौ सैंतालीस तक जो जुटाया था इस तरह से सबसे ज्यादा एक तरह से एक्सपोजर था पॉलिटिकल एक्सपोजर लेकिन आजादी के बाद भी जो इन्होंने जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण तो जिंदगी है बड़ा राष्ट्र निर्माण का किया है चाहे वो पत्र पत्रिकाओं के रूप में हो चाहे वो हो चाहे पर्यावरण के मुद्दे उठाना हो तो आज भी एक तरह से अरुणाशा जो विचारधारा है जो उनकी सोच है जो उनकी निडता रही है जो उनका त्याग और बलिदान रहा है आज भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है उन्हीं की एक बहुत पॉपुलर कोटेशन है उन्हीं के शब्दों को उन्हीं को श्रद्धांजलि देने की लिखी है मोटिवेश मोटिवेशन के लिए व्यक्तियों को संबोधित करते वो लिख रही है कि हुई इज नॉट करेजियस इनफ टू टेक रिस्क वो व्यक्ति जो साहस नहीं करता है जो लेने का हुईज नॉट करेजियस इनफ टू टेक रिस्क विल अकम्पलिश नथिंग इन लाइफ वो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्टीशन है उन्हीं के शब्दों से उन्हीं को श्रद्धांजलि देते ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, तो जी आप तो मेरा क्वेश्चन है जी सर डॉक्टर बताने की जरूरत नहीं है मेरे साथी मैं और पूरा लेक्चर मैंने देखा है एक चीज मैं नहीं समझ पाया कि आजादी से पहले भी अरुणा सफली का वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई काम हुआ है जी जी थोड़ा बस, बस बस बस जी जी मैं बताना चाहूंगा देखिए मैंने था ना से शुरू करता हूँ कि जब इनकी ग्रेजुएशन पूरी हुई और उसके बाद जो गोखले नेशनल स्कूल कलकत्ता से जब इन्होंने टीचिंग शुरू की थी तो वो वो एड स्कूल था और विमेनिस तो जुड़ी और विशेष रूप से मैंने जिक्र किया था ध्यान आपको उन्नीस सौ तैतीस से लेकर उन्नीस सौ सैतीस के जो तो इलेक्शन थे और उन्नीस तक आ जाइए बल्कि ये जो इनके जीवन के लगभग नौ दस साल है सर इसमें इन्होंने जो एजुकेशन को लेके जो काम किया है वो अलग तरह का काम था अब देखिए एजुकेशन के दो तरीके से काम हो रहे हैं। एक तो आप सीधे किसी संस्था का निर्माण कर रहे हैं जो आर्य समाज के लोग कर रहे थे जो ज्योतिबा फूले और उनके लोग जो वहां पे कर रहे हैं वो सब चीजें आप देखेंगे हो रही है मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप ना। तो बिल्कुल अजय जी आपकी बात ठीक है वो उस तरीके से उस पे काम नहीं हुआ और आज उसका हम चर्चा भी नहीं कर पाएंगे लेकिन विमेन की बात करें तो एजुकेशन कहा कि जब रिजर्वेशन का मुद्दा उन्नीस के दशक में उठा था तो उन्होंने रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर प्रायोरिटी किसको दी थी उस वक्त एजुकेशन को प्रायोरिटी दी थी हेल्थ को प्रायोरिटी दी थी उन्होंने कहा कि लड़कियों का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा तो रिजर्वेशन तो इनको और कमजोर करेगा तो उस तरह से कि इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर इनका काफी रहा है एक तरह से जागरूकता जिसको अगर मैं एक शब्द में कहू कि तो महिलाओं के उत्थान से और विकास से जुड़ी हुई जो जागरूकता लाने का काम था वो इन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं के द्वारा किया जी सर और कोई किसी साथी को कोई या विद्यार्थी को प्रश्न हो तो बोल सकते हैं इसमें अमरदीप जी मैं थोड़ा सा ये एक कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो चाह रहे होंगे कि मैंने जैसे पहले क्लियर किया था कि ये मेरा रिसर्च पेपर नहीं है ये मेरा एक विस्तृत व्याख्यान है और इसमें लगभग मैंने उन्हीं स्रोतों की मदद ली है जो आपके और हम सबके सामने उपलब्ध है इसमें कुछ पुस्तकें हैं मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दू हो सकता है किसी साथी को और आगे इस पर काम करना हो एक तो जे एस राघवन की एक पुस्तक आई थी उन्नीस में एनबीटी से नेशनल से अरुणा असफ एक कम्पेसनेट रेडिकल पुस्तक 1999 में एनबीटी किसे एनब्रिटी से बहुत अच्छी पुस्तक है इसके अलावा एक वीरेंद्र वीर और रंजना ग्रेट विमेन ऑफ मॉडर्न इंडिया अरुणा हसफ अली ये दूसरी पुस्तक है इसके अलावा एक बहुत फेमनिस्ट राइटर हैं आप सब जानते होंगे राधा कुमार उनकी एक पुस्तक आई थी 1993 सौ के अंदर हिस्ट्री ऑफ डूइंग एंड इलेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स फॉर व्यूमेन राइट एंड फेमिनिजम इन इंडिया अट्ठारह सो से उन्नीस सौ नब्बे तो इस पुस्तक में भी आपको अरुणाचल प्रदेश से पहले उनके कंट्रीब्यूशन को देखना चाहे तो इस पुस्तक से हमें काफी मदद मिले उसके बाद इनकी एक बायोग्राफी भी छपी है प्रभात प्रकाशन ने इनकी बायोग्राफी छापी है अरुणा अरुणाशली जीवन कथा के नाम से हिंदी में भी है और जैसा कि मैंने पीछे बताया था नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन जो एक संस्था थी उन्होंने 2006 में जितने भी अरुणाशली जी के लेख रहे हैं उनके उनके द्वारा खुद निकाले गए अखबारों में दूसरे अखबारों में उनके साक्षात्कार जो रहे हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उन सबको एक ही पुस्तक में समायोजित करते हुए दो हजार के अंदर ये पुस्तक उन्होंने छापी है तो ये भी आप पुस्तक इसको आप कंसल्ट कर सकते हैं इसके अलावा